नमस्कार और आप देखें पल पल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हरियाणा भाजपा में उबाल देखा गया गुस्से में लाल भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज हरियाणा में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और उसका पुतला फूंका भाजपा के लोग लाल बत्ती चौक पर एकत्र हुए और कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए कैप्टन का पुतला भी फूका दरअसल हरियाणा भाजपा को गुस्सा उस बयान को लेकर के है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान पंजाब की भूमि का इस्तेमाल आंदोलन के लिए ना करके हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर का आंदोलन चलाए फतेहबाद में रोज प्रदर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान राज्य के खिलाफ है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कैप्टन की अगुवाई में पंजाब में फेल हो चुका है और अपने इस बयान से कैप्टन ने यह मान लिया है कि पंजाब में अब कुछ भी नहीं बचा है हरियाणा भाजपा कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान पर विरोध कर रही है आज इसी विरोध को जताते हुए हरियाणा भाजपा ने फतेहाबाद के लालबत्ती चौक पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूका वहीं जिला अध्यक्ष ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा राज्य के खिलाफ में उन्होंने कहा कि हरियाणा के भी खिलाफ है जबकि भाजपा इसका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है राजेश की विशेष रिपोर्ट जी आप आज का क्या, क्या प्रोग्राम था और किसका आपने आज पुतला अध्ययन किया आज हमारा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी जिला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उन्होंने होशियारपुर में एक होशा तो बयान दिया था कि जो ये आंदोलन किसान या कोई कुछ शरारती तत्व लगे हुए हैं इसमें वो जाकर के हरियाणा में या दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे वहाँ जा कर ये आंदोलन करें क्योंकि पंजाब तो पहले ही वे हो चुका है खुद मान चुके हैं कि पंजाब का मैंने इतना नुकसान कर दिया जो किसी को दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं है इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है उसी विरोध को जताते हुए हमने आज कैप्टन अमरिंदर सिंह का लालवती चौक पे पुतला टूकड़े का काम किया जो विवादित बयान दिया है कैप्टन ने उसको बीजेपी किस तरीके से देख रही है जी भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये दवेश किसी प्रदेश के प्रति या किसी राज्य के प्रति ऐसी भावना नहीं रखती हमारे लिए सारा देश एक समान है हम सभी का साथ सबका विकास जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया हुआ है सबका साथ सबका विकास उस नारे को हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम है मुझे पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड राजस्थान इसमें कोई भेदभाव नहीं है सारा देश एक